नमस्कार मैं पंकज आप सबका स्वागत है द ग्रुप ऑफ इंपैक्ट मीडिया द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स और बीबीसी 24 सी ट्वेंटी फोर सेवन में आज हम खड़े हैं गायत्री शक्तिपीठ मंदिर में जो सिलीगुड़ी हिंदी हाई स्कूल के करीब है आइए यहाँ पे हम प्रकाश डाल के अंदर के तमाम पदाधिकारियों से समझते हैं क्या है और क्या क्या यहाँ पर व्यवस्था प्रत्येक दिन किया जाता है तो हमारे साथ अंदर चलते हैं मंदिर में प्रवेश करते हैं और चीज़ों को और विस्तार से समझते हैं और देखते हैं प्रेम से बोलिए गायत्री, गायत्री माता की माता की जय गायत्री माता की जय गायत्री माता का ये आरती वो आप देख पा रहे हैं आप सभी का स्वागत है द ग्रुप ऑफ इंपैक्ट मीडिया द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स और बीबीसी 24 सी ट्वेंटी फोर सेवन में तो हमें बताइए आज का परिदृश्य के बारे में अपना संक्षिप्त परिचय देते हुए मैं डॉक्टर विजय गायत्री परिवार का जो है यहाँ पे कार्य देख रहा हूँ स्थानीय स्तर पर यहाँ पे जो है आज जो है गायत्री परिवार का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है दो हज़ार छः में इसकी स्थापना हुई आज जो है सोलवा स्थापना दिवस यहाँ पे मनाया गया कल गत सौ पंद्रह तारीख को विशेष कार्यक्रम था जप का बारह घंटा अखंड हुआ शाम को जीत का कार्यक्रम हुआ और नौकुंडी यज्ञ के, के माध्यम से आज जो है इसका उसके बाद में भोजन प्रसाद के द्वारा आसपास के जितने भी गायत्री परिवार के जो भी जुड़े हुए हैं अन्य अन्य जो है नगरवासी सब लोग उपस्थित रहेंगे और अच्छी संख्या में यहाँ पे उपस्थित रहे हैं और बहुत जो जो जो सुंदर कार्यक्रम हुआ और प्रत्येक वर्ष जो है पंद्रह सोलह अप्रैल के आसपास ये कार्यक्रम जो है मनाया जाता है सोलहवा स्थापना दिवस आज सब ये प्रत्येक साल लगातार से होता आ रहा है लगभग कितना वर्ष सोलह वर्ष सोल कंटिन्यू होता आ रहा है जी, अच्छा, जी। इसका स्थापना हुआ सोलह अगस्त इसको गया जी एक्चुअली में ये शांति कुंज हरिद्वार के माध्यम से जो है पूरे भारतवर्ष में पांच छः छः हज़ार से ऊपर केंद्र है ऐसे ही केंद्र जो है जिसके माध्यम से पूरे देश में पूरी एक्टिविटी चलती है और पूरे जो है गुरुदेव के विचारों को जो पंडित श्री राम शर्माचार्य हमारे है गुरुदेव हैं उनके विचारों को जन जन तक ले जाने के लिए ये प्रयास चलना है और उद्देश्य है कि मनुष्य में देवत्व और दय हो और धरती पर स्वर्ग का अवतरण हमारे बीच में जो है आदरणीय है श्री तपन देव जी हैं जो शांतिपूर्ण हैं वो इस विषय में विस्तार से आपको बताएँ जी जी तपन देव जी आपका स्वागत है तो हमें बताइए हमारे दर्शकों को कि क्या है और क्या परिवृष्य अभी तक क्या मिला हमें गायत्री परिवार की ओर से आप सभी को प्रणाम साधन रहे हैं जो भी सुन रहे हैं उन सभी को मेरा कान्तिकुंज की ओर से मैं अभिनंदन करता हूं नए वर्ष जो बंगला का नया वर्ष प्रारंभ हुआ है तो नए वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए आप सभी से मेरा निवेदन है कि गायत्री परिवार से जुड़े गायत्री परिवार ये परम पूज गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य द्वारा ये स्थापित किया गया था गायत्री परिवार के नाम से क्योंकि अभी तक जितने भी हैं वो संघ या संस्थाएँ के नाम से जो है संस्थाएं बनी है संघ के नाम से बनी है लेकिन परिवार के नाम से, नाम से ये पहली संस्था हिन्दुस्तान की है भारत की जो परिवार बोलता है कि हम गायत्री परिवार हैं संघ नहीं हैं या हम कॉरपोरेट नहीं हैं तो ये परम पुंज गुरुदेव का ही है कि सबको परिवार के हिसाब से ले, ले लेते हैं और मैं आया हूं गायत्री तीर्थ शांति हरिद्वार में एक बांग्ला विभाग है उसका दायित्व तो मुझे मिला है तो उसके अंतर्गत यह पूरा पश्चिम बंगाल ही आता है जिसमें मैं आया हूँ और ये मेरा सौभाग्य है कि इसमें मैं सोलह वर्ष पूर्ति के उपलक्ष्य में आज मैं श्रीगुड़ी पीठ में बैठा हुआ ये मेरा सौभाग्य है और ये जो नया वर्ष प्रारंभ हुआ ये भी एक संयोग है दूसरा हमारे यहाँ से सोलह सप्ताह हो गए हैं वृक्षारोपण एक डॉक्टर सुगंध है अग्रवाल जी जो कि सोलहवा सप्ताह आज ही पूर्ण करेंगे तो उनका भी अभिनंदन है शांति शांतिगुंज की ओर से कि वो ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और यहाँ जो शिलीगुड़ी का जो गायत्री परिवार है वो भी निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है सोलह वर्ष पूर्ति का मतलब ही है कि बहुत आ, निरंतर बढ़ता जा रहा है और क्षेत्र पूरा ही गायत्रीमय हो जाए ताकि व्यक्ति निर्माण परिवार निर्माण और समाज निर्माण ठीक से हो जाए तो धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो जाए तो ये आज जो सोलहवां वर्ष का जो आप बता रहे हैं जो संपूर्ण हुआ अपना इस मंदिर का ऐसे समय में आप समाज देशवासी को क्या संदेश देना चाहेंगे नकारात्मक सोच से हटिए और सकारात्मक सोच की तरफ आइए क्योंकि आजकल हम पद पद पे नकारात्मक ही सोच लेते हैं सकारात्मक नहीं सोचते हैं जिस दिन ये पुरातन चीज ये हमारे पुरातन लोगों के अंदर था कि नकारात्मक नहीं सोचते थे सकारात्मक सोचते थे तो पूरा मोहल्ला ही परिवार हो जाता था आज एक फ्लैट जो है वो परिवार हो गया है वो चार दीवारी ही उनका परिवार हो गया है और वही मोहल्ला हो गया है। जबकि आज मोहल्ले को अपना परिवार बनाना है इस उद्देश्य से गायत्री परिवार आगे बढ़ गई धन्यवाद धन्यवाद अपना संक्षिप्त परिचय देते हुए बताइए थोड़ा आज प्रकाश डालिया आज के मेरा नाम प्रसाद शाह है जी मैं शांति शांतिपुंज की ओर से जोन समन्वय के रूप में कैसी सत्यपीठ सिलीगुड़ी मैं पदास्पित हूँ और हमारे प्रमुख गुरुदेव का जो संकल्प है मानव में देवत और धरती पर स्वच्छ प्राप्त है इसका एक ही मार्ग है कि पहले मनुष्य श्रेष्ठ बने हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा तो युग को परिवर्तन करने का जो आह्वान प्रमुख गुरुदेव में दिया है उस आह्वान के अंतर्गत सात आंदोलन है उन आंदोलनों के माध्यम से लोग अच्छे कुछ करें श्रेष्ठ काम करें अपने को श्रेष्ठ बनाएं और फिर समाज को एक नई दिशा देते हुए जीवन जीने की कला सिखाएं तो जो गायत्री और यज्ञ ही संभव है तो इसी के माध्यम से गायत्री शक्तिपीठ जन जागरण का केंद्र बने पर मुझे गोधेव ने कहा है तो यह सिलीगुड़ी में गायत्री शक्तिपीठ की स्थापना जो हुई है दो में आज का सोलवा वर्ष है उसके अंतर्गत यह फिर हम सभी को बोध कराते हैं या बोध कराए कि हम सभी अच्छे बने श्रेष्ठ बने और एक सभ्य सम, समाज की स्थापना हो इसके लिए हमें पहले साधना के माध्यम से गायत्री उपासना के माध्यम से सदबुद्धि की स्थापना करते हुए एक सभ्य समाज की कल्पना करें और अच्छे काम को आगे करते हुए चले तो निश्चित रूप से सिलीगुड़ी नहीं सिलीगुड़ी के अंतर्गत कर जो सोलह जिले आते हैं वह सभी अच्छे और श्रेष्ठ बनते जाएंगे यही प्रभु गुरुदेव का उद्देश्य है लक्ष्य कि मानव है देवत और धरती पर स्वर्त करते हैं अपना नमस्कार अपना इस मंदिर में क्या क्या क्रिया कलाप किया जाता है उसको थोड़ा सा एक प्रकाश यज्ञ होता है प्रातः काल आरती उसके बाद में प्रातः यज्ञ यज्ञ के बाद में विभिन्न प्रकार के संस्कार जो हमारे भारतीय संस्कृति में सोलह संस्कार बताया गया उसमें से परम जी गुरुदेव ने बिहार बारह संस्कारों को मुख्य रखा है तो उसमें प्रतिदिन जैसे जन्मदिन हो गया विवाह दिन हो गया इसके अलावा जितने भी संस्कार हो वैदिक रीति से प्रतिदिन मनाए जाते हैं जी जो भी डिमांड आती है उसी हिसाब से इसके अतिरिक्त घर घर में हम लोग यज्ञ का प्रोग्राम भी कराते हैं जिनके घृह घृह यज्ञ का होता है इसके अलावा अभी बताया गया वृक्षारोपण चल रहे हैं यहाँ पर इसके अलावा बीच बीच में हम लोग जो है शिविर चलाते हैं अपने विभिन्न क्षेत्रों से लोगों को बुला के प्रशिक्षण देते हैं संगीत की कक्षाएं चलती है कभी कभी जैसे मंडलों छोटे छोटे मंडलों के माध्यम से यहाँ पे जो है पूरे क्षेत्र में जागृति का कार्यक्रम चल रहा है और इसमें अच्छा कोई जाति धर्म संप्रदाय का कोई और नहीं जो भी अच्छे विचार के लोग हैं सबको लेकर के चलने का उद्देश्य है चाहे उसके लिए चाहे वो कोई भी पंथ के हों बहुत बहुत धन्यवाद निःशुल्क करा जाए कोई चार्ज नहीं जी जी ऐसे अवसर पर मेरे चैनल के तरफ से समस्त टीम के तरफ से आप महान महानुभावों को ढेर सारी शुभकामनाएं धन्यवाद अपना का जो सातवां आंदोलन है जी जी सातवां आंदोलन में अभी हम लोग का वृक्षारोपण का नशा मुक्ति का और युवाओं को तैयार करने का युवा जो आज भटक रहे हैं जी गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो उनको हम लोग अपने समाज से जोड़ करने का हाथी परिवार से जोड़ के युवा चाहते हैं कि देश पर तरक्की में अपना काम करें जी अनुरोध है।, है आप आए युवा परिवार विभाग सब जुड़े और जैसा कल्याण करें आप अपना परिचय राजेश शर्मा विभाग तो अच्छा जब से आप ये भार को आपने कंधे पर लिया है गायत्री परिवार लिया है तो ऐसे में आपको क्या लगता है समाज में कुछ परिवर्तन देखने को मिला है जो, जो, जो बहुत परिवर्तन दुनिया तो हुआ है जी बुरे लोग भी है तो अच्छे लोग भी है जी आज अच्छे लोग है उनके बोल रहा है दुनिया हुआ है जी वैसे तो हम लोग समाज से जो लोग भाई बच्चों को लाते हैं जो भट्टे हुए हैं उनको ला अपना कहते हैं ना मानो हर इंसान के अंदर भगवान और शतान दोनों जी संदेह है ना किसी में शतान जागरूक ज्यादा है भगवान के लिए कम है किसी में भगवान ज्यादा बने उनका ये अच्छाई ही करते हैं किसी बुराई। तो ये हम लोग क्या करते हैं उनको अच्छा अच्छा ट्रेनिंग होता है अपना युवा आए और अच्छा बने और जैसे काम में आगे बढ़े यानी आपकी बातों से ये परिकल्पना हम निकाल सकते हैं कि इंसान या व्यक्ति विशेष बुरा नहीं होता है उसकी सोच बुरी होती है उसको अगर हम लोग परिवर्तित कर दे तो वो सही एक अच्छा इंसान क्रांति अभियान विचार बदल जाए तो सबके बदल जाए हम सुधरेंगे तब भी योग सुन आपको मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आप, आपको भी नेवर से बहुत बहुत शुभकामनाएं धन्यवाद छाती चीर कर देती है बेटा आजकल अन्न हम पैसे से खरीदते हैं इसलिए लोग उसकी तुलना पैसे से करते हैं जूठन छोड़ देते हैं और उसे फेंक देते हैं किंतु यह वास्तविकता नहीं है पैसे से अन्न खरीदा नहीं जा सकता अन्न धरती माता अपनी छाती छीर कर देती है कोई उसका अपमान करता है तो धरती माँ दुखी होती है और दूसरे जन्म में उसे अन्न के लिए तरसाती है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ऋषि युग की झलक झांकी पेज 208 क्या क्या लिखा है बेटा फिर से पढ़िए तो एक बार बोलिए नफिल हाँ पढ़िए हाँ किस क्लास में पढ़ते हैं दू। आप दू। क्या नाम है आपका दू दू आपका मंदिर में अच्छा लगता है मंत्र आता है। सुनाइये तो कौन सा गायत्री वाह अति सुंदर मालूम है यज्ञ था यज्ञ था किस लिए आज यज्ञ था वो तो क्या भी नहीं पता हम विधि और बड़ा होकर के क्या बनना है दिदी को डॉक्टर वाह वेरी गुड माय डियर, और आपको क्या बनना है बेटा डॉक्टर डॉक्टर ही बनना है तो डॉक्टर बनने के बाद लोगों का सेवा करेंगे ना फ्री में ना पैसा लेंगे हाँ, फ्री गुड तो बोलिए माँ सरस्वती की yes! माँ सरस्वती की yes! लगाओ, लगाओ। रुको। हो गया हो गया अभी